कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं कभी नजरें चुराने में जमाने बीत जाते हैं किसी की आँख खुलती है तो सोने की नगरी में किसी को घर बनाने में जमाने बीत जाते हैं और कभी घर से निकलते ही नज़र आ जाती है मंजिल कभी राशतों को पाने में जमाने बेच जाते हैं और कभी सदियों की रात भी हमें पल भर के लगती है कभी सदियों की रात भी हमें पल भर की लगती है कभी सूरज को में जमाने बीत जाते हैं से माने बेचिया थे